हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम सीखेंगे चैनल को टॉप पे कैसे लाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ दिन पहले एक नया चैनल बनाया था कड़क टेक्नोलॉजी के नाम से इस पर कि आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो नहीं है यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 11 अक्टूबर को बनाया था मैंने चैनल देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं है यहाँ पर मैं इसको ऑन सब्सक्राइब कर देता हूँ फिर आपको यहाँ पे आपको ऊपर सर्च करके दिखाता हूँ क्रिक टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं आ रहा है मतलब मेरा क्रिक टेक्नोलॉजी के नाम से कोई भी चैनल नहीं आ रहा आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल केवल सर्च कर रहा देख लीजिए आप नहीं आ रहा मेरा चैनल देख सकते हैं आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फिल्टर लगा यहाँ पे चैनल ऑल पे करके देख सकते हैं और यहाँ पे दिस वेक देख सकते हैं वीडियो तो है ही नहीं तो नहीं आएगा चैनल सर्च करते हैं देख लीजिए यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा तो आप देखिए कैसे टॉप पे लाते हैं तो उसके लिए आपको यूटूब स्टूडियो में जाना है इसलिए मैं यूट्यूब ओपन कर लिया अगर आप अगर मोबाइल से करें तो आप यूट्यूब इस्टूडियो में जा सकते हैं मैं यूट्यूब इस्टूडियो में गया YouTube स्टूडियो में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको दोनों में पे मिलेगा चैनल चैनल पे जाने के बाद आप यहां पे देखिए कीबोर्ड में अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं अजीबों तरीके से जैसे कि आप लोगों कोई भी नाम सर्च करें मतलब कि टेक्नोलॉजी मीनिंग गलत भी हो तो आपको चैनल आ जाए उसके बाद आपको यहाँ पे अपने वीडियो को अपलोड करना है कोई भी तो उससे पहले आपको वीडियो के टाइटल में अपने नाम का हैशटैग लगाना है जैसे आप देख सकते हैंशट क्रिक टेक्नोलॉजी ऐसे ही लगाना है आपको अपने चैनल का हैशटैग टाइटल में के बाद आप चलते हैं बैक बैक जाने के बाद अब आपको ऊपर सर्च करके दिखाऊंगा मैं ऊपर आ रहा टॉप पे बिल्कुल टॉप पे आएगा चैनल आपका चले मैं फिर से यूट्यूब ओपन कर रहा दूसरे चैनल से यहाँ पे देख सकते हैं मैं चैनल का नाम लिख रहा क्रिक टेक्नोलॉजी इसलिए मैं सर्च कर लेता हूं आप देख सकते हैं यहां पे सबसे टॉप पे ही आया है चैनल मेरा ऐसे भी आप अपना चैनल भी टॉप पे ला सकते हैं